चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज हम ले रहे हैं वितान पुस्तक से एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने पहले हम एन फ्रैंक का परिचय प्राप्त करेंगे और फिर पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं एन फ्रैंक के बारे में जानना उनके जीवन पर जैसे। एन फ्रेंक का जन्म 12 जून उन्नीस को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में और मृत्यु नाजियों के यातना गृह में 1945 में हुई वे तब सिर्फ 13 साल की थी थी जब उन्होंने इस डायरी को अपने अज्ञातवास के दौरान लिखा था बाद में उन्हें नाजियों द्वारा खोज निकाला गया और यातना गृह में मार डाला गया एन फ्रैंक की डायरी सबसे पहले 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई वितान में इसी किताब के कुछ अंश शामिल किए गए हैं यह डायरी हिटलर के नाजीवाद में पिस रहे यहूदियों और बाद में विश्वयुद्ध के तौर पर संसार भर में फैले उसके आतंक और दर्दनाक अनुभवों का साक्षात बयान पेश करती है यह बहुचर्चित डायरी एन फ्रेंक ने दो साल के त्रासद अज्ञातवास और जानलेवा तकलीफों के बीच रहकर लिखी उसे 12 जून 1942 को अपने तेरहवें जन्मदिन पर एक नोटबुक उपहार में मिली थी इसी पर डायरी लिखी गई एन फ्रेंक एक गुड़िया किट्टी भी एन फ्रेंक को एक किट्टी नाम की गुड़िया भी उपहार में प्राप्त हुई थी एन ने ही डायरी उसी को संबोधित की है यह डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से अब एक हो चुकी है तो यह था एन फ्रैंक और उनकी डायरी की पृष्ठभूमि और परिचय चलिए अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर करते हैं प्रश्न पहला आपके सामने स्क्रीन पर उत्तर है एन की डायरी असल में यहूदियों पर होने वाले अमानवी अत्याचारों को दुनिया के सामने लाने वाला एक जीवंत दस्तावेज है तेरह साल की लड़की एन एस के जरिए हिटलर की क्रूरताओं और यहूदियों की तकलीफों की दुर्दांत सच्चाइयों को सामने लाती है इस तरह वह 60 लाख यहूदियों की आवाज बन जाती है इसके साथ ही इस डायरी में उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी वर्णन है हालैंड की राजनीतिक स्थिति एवं युद्ध की विभीषिका का भी जीवंत वर्णन इसमें किया गया है यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा था गेस्टापो जो कि हिटलर की एक खुफिया पुलिस का नाम है छापे मारकर यहूदियों को अज्ञातवास से छुपे रहते हुए ढूंढ निकालती थी और फिर उन्हें यात्रा गृहों में भेज देती थी चारों तरफ राजता फैली हुई थी यहूदी अपने अज्ञात वासों में छिपकर अंधेरे कमरों में जीने के लिए मजबूर थे उन्हें एक अमानवीय जीवन जीने को बाध्य होना पड़ा था हिटलर की नाजी फौज का खौफ उन्हें हर वक्त आतंकित रहता कोई जरा सी आवाज उठाता तो तुरंत ही मार डाला जाता ऐसे में एन के गोपनीय तरीके से लिखी गई यह डायरी ही असंख्य लोगों की आवाज बद गई इसीलिए इल्या इनबुर्ग की यह टिप्पणी यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की की है अपना विशेष महत्व रखती है और अब प्रश्न दूसरा स्क्रीन पर आपके सामने उत्तर है अक्सर बच्चों को बच्चा समझकर उनके विचारों और भावनाओं की अवहेलना की जाती है ऐसा ही एन के साथ भी हुआ होगा इसलिए वे कहती हैं कि काश कोई तो होता जो मेरी मनोभावनाओं को गंभीरता से समझ पाता अफसोस ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं मिला और जब भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं मिलता तब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं अपने आप से बातें करने लगते हैं एन की डायरी भी अपने आप से बातचीत करने की एक प्रक्रिया ही है इसे उन्होंने एक पत्र के रूप में कुट्टी को संबोधित करते हुए लिखा है और यह कुट्टी कौन है कुट्टी एक गुड़िया है जब प्राणवानों से निराशा मिली तो एन की साथिन निष्प्राण गुड़िया बन गई और अब प्रश्न तीसरा आपके सामने स्क्रीन पर इसका उत्तर है एन की डायरी के तेरह जून 1944 के अंश के अनुसार औरतों को उनके हिस्से का समान मिलना ही चाहिए वे अपनी डायरी में लिखती हैं कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि उनकी तुलना में शारीरिक रूप से वे ज्यादा सक्षम है पुरुष ही कमा कर लाता है बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है सौभाग्य से शिक्षा काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं एन का कथन सत्य और उचित है क्योंकि औरत ही है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है और संघर्ष करती है समाज को उनकी महत्ता के बारे में जानना चाहिए और उनके हिस्से का आदर देने का गुण अर्जित करना चाहिए एन की डायरी प्रश्न चौथा है एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो उसके साथ उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्ण तरीके से व्यक्त करें उत्तर है एन की डायरी से हमें उनके निजी जीवन व देश के तत्कालीन परिवेश का सूक्ष्म परिचय मिलता है इसमें द्वितीय विश्वयुद्ध के समय हालैंड के यहूदी परिवारों की अकल्पनीय यंत्रणाओं का वर्णन करने के साथ साथ वहां की राजनैतिक स्थिति युद्ध की विभीषिका का भी जीवंत वर्णन किया गया है हिटलर के तानाशाही पूर्ण रवैये के चलते और यहूदियों के प्रति घृणाभाव के कारण यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाता था गेस्टापो छापे मारकर को ढूंढ निकालती थी और उनको यात्रा ग्रहों में डाल दिया जाता था ताकि वे मरणांतक पीड़ा भोग सकें। दूसरी तरफ ऐसे यंत्रणादायी सामाजिक परिवेश के तनाव को झेलते हुए पारिवारिक तथा निजी जीवन कैसा दुखद और असामान्य हो जाता है इसका भी गहराई से अपनी डायरी में चित्रण किया है इस तरह यह डायरी अपने आप में एक प्रकार का ऐतिहासिक दस्तावेज होने के साथ साथ एन के जीवन के सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल, पुथल का चित्रण करने वाला मानवीय सूत्र भी है और अब प्रश्न पांचवा आपके सामने स्क्रीन पर उत्तर है हालैंड के नगर निगम चुनावों में हिटलर की पार्टी के चुनाव जीत जाने पर वहाँ यहूदी विरोधी प्रदर्शनों और नफरत ने जोर पकड़ लिया था यहूदियों को पकड़कर यात्रा ग्रहों में डाला जा रहा था इससे बचने के लिए यहूदी परिवार अज्ञात जगहों पर छिपकर रहने को विवश हो गया था एन का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक था अज्ञातवास के समय एन की आयु सिर्फ तेरह साल थी बड़े लोगों के अपने मसले थे वे बच्चों की भावनाओं को अनदेखा करते थे बड़ों की बातें सुन सुनकर वह कूब चुकी थी तब उपहार में मिली एक निर्जीव गुड़िया को ही उसने अपना सबसे अंतरंग मित्र बना लिया और उसे संबोधित करते हुए ही एन ने अपनी डायरी लिखी यह निर्जीव गुड़िया मुझे मात्र गुड़िया नज़र नहीं आती यह मनुष्य समाज के उस वर्ग का प्रतीक बन जाती है जो दूसरे मनुष्य वर्ग से नफरत करता है उसे मिटा डालना चाहता है इस तरह वह मानवता से वंचित होकर निर्जीव ही बन जाता है पाषाण पत्थर इस तरह एन ने दो स्तरों पर अपनी डायरी संबोधित की है एक तरफ गुड़िया को दूसरी तरफ उस निर्जीव समाज को तो यह था एंड फ्रैंक की रचना डायरी के पन्ने पर आधारित प्रश्नोत्तरों वाला हिस्सा कृपया इसे शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद